मैं एक बार फिर दोबारा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल जुगाले में आशा करता हूँ आप स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे इंसोमिनिया बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो चुका है आजकल छोटे बच्चों से लेकर बड़े तक सभी इस प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं और उसे रिलीफ पाने के लिए सिर्फ वो टेम्प्रेरी चीज़ों पर डिपेंडेंट हो गई है जैसे कि पेल्स और अदर टाइप ऑफ ड्रग्स जो कि सिर्फ टेम्प्रेरी है इंसोमिनिया के बारे में पहले हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है थोड़ा सा इंसोमिनिया में क्या होता है जब आप रात को सोने जाते हैं तो आपको नींद बहुत लेट आती है और अगर नींद आ जाती है तो रात में कई बार आपकी नींद टूट जाती है जिससे कि आपको गुड नाइट स्लीप नहीं मिल पाता है गुड नाइट स्लीप मिलने ना मिलने से आपकी बॉडी नेक्स्ट डे रिएक्ट करना स्टार्ट करती है आप फील करेंगे लतहाजे वीक फील करेंगे लो अनर्जी फील करेंगे इससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी डाउन जाता है जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इफेक्ट पड़ता है और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है तो ऐसे कई सारे और प्रॉब्लम जो है वो रिएक्ट मतलब स्टार्ट होना शुरू हो जाते हैं अब जानते हैं कि ये होता किस कारण से है इंसोमिनिया का होने का कारण है आपका डिप्रेशन एनजाइटी इस्ट्रेस ये सब चीज़ें आती कहाँ से हैं ये सब चीज़ें हमारे अपनी लाइफ से ही आते हैं जैसे कि हमारा फैमिली से रिलेशन अच्छा नहीं है अपने पर्सनल रिलेशन अच्छे नहीं हैं आप फ्यूचर के बारे में ज़्यादा चिंतित हैं ज़्यादा टेंशन ज़्यादा एंशियस है अपने पास को लेकर अभी तक रिग्रेट कर रहे हैं और भी बहुत सारी ऐसी जो चीज़ें हैं आप अपना वर्क पे जा रहे हैं बट उस वर्क से हैप्पी नहीं है जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है एन्जाइटी दे रही है टेंशन दे रही है वो सारे ही कारण हैं इंसोमिनिया होने के इंसोमिनिया होने से आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं आपकी आंखों में आप देखेंगे डार्क सर्कल्स पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है जब आपको इंसोमिनिया का प्रॉब्लम होना शुरू होता है नमस्ते मेरा नाम है लक्ष्य चौहान और एक मैं सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं थ्रू आयुर्वेदिक वे और नेचुरल सो so, इसमें कोई आपको कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेना है मैं इसमें बताऊंगा कि आप बस कुछ चीज़ें चेंज करके कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं इन सोमिनिया से सबसे पहले मॉर्निंग में आपको उठना है मॉर्निंग में उठने के बाद आपको फ्रेश होना है अच्छे से फ्रेश होने के बाद आपको सबसे पहले अपनी डेली रूटीन में एड ऑन करना है एक्सरसाइज एक्सरसाइज में योगासना करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है बाकी अगर आप योगा नहीं करना चाहते तो आप अदर एक्सरसाइज भी कर सकते हैं अगर आप योगा करना चाहते हैं बट कन्फ्यूज़न है क्या उनसे कौन कौन से योगा आपको करना चाहिए तो हाल ही में मैंने एक बिगनर वीडियो अपलोड किया है योगा फॉर बिगनर्स उसमें मैंने 20 मिनट्स का फ्लो बताया है जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट बॉडी का आपका वर्कआउट है वो दिखाया है कैसे आप अपने बॉडी को एक्टिव रख सकते हैं उसके बाद ध्यान रखिए जब आप ये फिनिश कर लेंगे और अगर आप कोई वीडियो चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आई बटन में भी इसका लिंक शो रहा होगा तो आप एक बार वहाँ पर वहाँ पर जाके चेकआउट भी कर सकते हैं योगासनास करने के बाद आपको करना है फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज प्राणायाम प्राणायाम कौन से करने हैं अभी फिर कंफ्यूज अगर हो रहे हैं तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप जाके चेक कर सकते हैं ये सब करने के बाद अपना रूटीन स्टार्ट करिए ब्रेक ब्रेकफास्ट लिए ब्रेकफास्ट लेने के बाद ऑफिस जाइए ऑफिस में एटलीस्ट जब आपको आफ्टरनून में ब्रेक मिलता है फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स आपको रिलैक्स करना है रिलैक्स कैसे करना है बातें नहीं करनी है आपको उस समय अपने आप को सेल्फ फीलिंग करनी है सेल्फ फीलिंग कैसे करनी है आपको सुनने हैं मेडिटेशन म्यूज़िक्स मेडिटेशन म्यूज़िक्स कहाँ से मिलेंगे मेडिटेशन म्यूज़िक्स मिलेंगे आपको यूट्यूब पे। यूट्यूब पे जाके आपको सर्च करना है मेडिटेशन म्यूज़िक वहाँ पर आप जाएंगे, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे मेडिटेशन म्यूज़िक्स मिल जाएंगे कोई भी सुनिए और चूज़ करिए जो आपसे कनेक्ट हो रहा है जिससे आप कनेक्ट हो रहे हैं जिससे सुन आपको अच्छा फील हो रहा है और हाँ ध्यान रखिए जब भी ये म्यूज़िक सुनिए तो एयरपोर्ट्स लगा के या एफोन्स लगा के ही सुनिए और हो सके तो शांत वाली जगह पे जाके सुनिए और फील करना है आपको जब आप ये साउंड सुन रहे होंगे आंखों को बंद करना है बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है और बिल्कुल कनेक्ट होने की कोशिश करना है फ़ील करने की कोशिश करना है उस म्यूज़िक से उस म्यूज़िक की हर एक रिदम को अपने माइंड से अपने माइंड से कनेक्ट करने की कोशिश करना है टेन टू तो फिफ्टीन मिनट्स करने के बाद थोड़ा सा ब्रीदिंग करिए लंबा गहरा सांस लीजिए और छोड़ने छोड़िए कम से कम पाँच बारी ये सब करने के बाद फिर अपना इवनिंग रूटीन स्टार्ट कर दीजिए जो भी आप कर रहे हैं इवनिंग में जब आप घर वापस आते हैं सबसे पहले शावल लीजिए शावल लेने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करिए बैठिए आराम से पानी पीजिए पानी पीने के बाद अपना डिनर लीजिए डिनर लेने के बाद टेलीविज़न की तरफ नहीं जाना है टेलीविज़न को जितना हो सकता है उतना इग्नोर करिए टेलीविज़न को टेलीविज़न आपका जो स्लिपिंग होता है वो और लेट कर देता है क्योंकि आप जब कोई अगर आप एपिसोड देख रहे हैं तो वो कोई लंबे समय तक चल रहा है तो आप उसे देखते रहेंगे तो जिससे आपका जो स्लीपिंग होगा वो और लेट हो जाएगा तो कोशिश करिए कि रात में टेलीविज़न को इग्नोर मारिए और हाँ टेलीविज़न के जगह आप कोई बुक्स पढ़ सकते हैं कोई नॉवल पढ़ सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा अच्छी स्लीप मतलब नींद लाने में आपकी हेल्प करेगा और सोने से पहले आप दूध का एक गरम गिलास पी सकते हैं मतलब गरम इतना गरम नहीं कि आपका गला जल जाए थोड़ा सा नॉर्मल ही रखिएगा ए पीने के बाद आपको एटलीस्ट 10 टू 15 मिनट्स ब्राह्मरी करना है ब्राह्मरी प्राणायाम करना है वो करना कैसे है उसका भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और थोड़ा सा मैं क्लिप आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मेशन अबाउट ब्राह्मरी प्राणायाम सेकेंड ब्राह्मरी प्राणायाम करने से हमें क्या क्या लाभ मिलेंगे? <t TVs> तो इस तरीके से आपको ब्राह्मरी प्राणायाम करना है ब्राह्मरी प्राणायाम को आपको 10 से 15 बारी करना है उसके बाद आपको अपने बेड पर लेट जाना है आपको फिर गाय का घी गाय का घी अगर आपके पास है तो अच्छा है कोशिश करें कि अच्छा प्योर हो अगर प्योर गाय का घी नहीं मिल पा रहा है नहीं मिल रहा है तो अच्छी क्वालिटी का ज़रूर हो उसकी उसको गर्म करने के बाद हल्का सा उसकी दो दो ड्रॉप्स अपने दोनों नाक में डाल लीजिए अगर दो नहीं डालनी है तो एक से स्टार्ट करिए पहले अगर एक से आप कंफर्टेबल है तो दो डालिए दो डालने के बाद आप देखेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली नींद आना स्टार्ट हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टफुल वे है आपके अपने को हील करने का और हाँ स्ट्रिक्टी थोड़ा सा डिसिप्लिन में आइए अपना टाइमिंग जो स्लीपिंग रूटीन है टाइमिंग जो है वो सेट करिए कि आपको नौ बजे सोना है या दस बजे सोना ही सोना है तो कुछ डिसिप्लिन अपनी लाइफ में लेके आइए और आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और आपको ज़रूर रिज़ल्ट मिलेंगे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करेगा